अब्दुल्लाम रजी अल्लाह को अल्लाह नजीज वो भी उलझ जाते बंदा ज्यादा देर तक सोता रहे ना सुबह ए सी बड़ा बेहतरीन लगा हुआ है और बेड बड़ा शानदार है और तकिये चार पड़े हुए और काम है कोई नहीं दौलत बड़ी है जब बंदा ज्यादा सोता है ना तो हमारे डॉक्टर हमारे अतिकबाज ये कहते हैं कि जो ज्यादा सो के उठता है ना सवेरे देर तक वो जब उठता है तो उसका दिल करता है दो चार बंदे मेरी टांगे दुबाए हालांकि ज्यादा सो के उठाए और आपको दुनिया में वो लोग भी मिलेंगे कि जो सिर्फ 25 मिनट के लिए लेटे हैं और पच्चीस मिनट के लिए उन्होंने आँख बंद की है लेकिन जब उठे हैं तो अल्लाह ने उनकी तबीयत को अशाज बशाज कर दिया ये ज्यादा सो के उठा है इसके बावजूद भी इसकी तबीयत में नकाहत है थकावट है उठ क्यों सहूलतें बहुत ज्यादा है आसानियां बहुत ज्यादा है किस तरह करके बंदा अपने ऊपर चीजें तारी करे जब हम इस तरह की खराबियां ओढ़ लेते सहूलियात आ गई तो भी ठीक है खत्म हो गई बात हजरत अब्दुल्ला अगर बिन सलाम रजिक के पास घर में बेटे भी थे गुलाम भी थे कनीजें भी थी मालदार आ गई अल्लाह ने वुस्सत दी हुई है लेकिन एक दिन ना लकड़ियों का गठा अपने सर पे उठा के मदीना शरीफ की गली से गुजर रहे थे देखने वाले ने देख लिया जनाब अजीब बात है घर में इतने मुलाजम हैं, बेटे हैं गुलाम हैं, है सारे काम कर सकते थे पर आप ये क्या कर रहे हैं तो इबिनी सलाम रती फरमाने लगे मेरे बच्चे भी फरमा बरदार हैं गुलाम भी फरमा बरदार और इस वक्त मौजूद भी थे हाजिर भी थे कस्तन नहीं मैंने उन्हें भेजा मैं खुद आया जनाब जब मौजूद थे तो उनको भेजते खुद क्यों आए तो फरमाने लगे मैं अपने नफ्स का इम्तिहान कर रहा हूं मैं इम्तिहान कर रहा हूं कि यह कहीं आजी और इनके शादी से निकल तो नहीं गया यही कहीं मोटा तो नहीं हो गया कहीं इसके अंदर कोई खराबी वाकया तो नहीं हो गई